तो मैं आज आप सबको सभी YouTube के बारे में आप सबको सब कुछ बताने वाला हूँ तो YouTube पर ग्रो कैसे करें इंस्टा इंस्टाग्राम का भी मैं आप सबको इस इस चैनल पर सब कुछ बता दूंगा इस चैनल पर आप सबको क्यूब के बारे में रूबिस क्यूब और YouTube के बारे में और Instagram के बारे में आप सबको सब कुछ मिल जाएगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए क्योंकि इस वीडियो पर आप सबको ये सब कुछ समझने वाला है कि आप यूट्यूब पर कैसे अपने व्यूज़ बढ़ाए और सब्सक्राइबर कैसे गेन करें तो इसके लिए आप सभी को इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा और आप सबको कमेंट में लिखना है कि ये वीडियो बहुत अच्छा था और मुझे बहुत हेल्पफुल मिली आप कुछ भी लिख सकते हो तो आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी तो आप जरूर लिखेंगे तो वीडियो को शुरू करते हैं तो वीडियो को शुरू करते हैं तो मैंने आप सभी के लिए ये बड़ा सा गैप लेके मैं आप सभी के लिए सब कुछ ये गाइडलाइंस सब कुछ एक स्क्रिप्ट में सब कुछ लिख चुका हूँ तो मैं आप सभी को ये सब कुछ पढ़कर आप सभी को सब कुछ ये समझाने वाला हूँ तो देखिए ये है YouTube की गाइडलाइंस तो इन सबको आप रूल्स को फॉलो करना है YouTube पर व्यूज सब्सक्राइबर्स मैं आप सभी को सब कुछ डिटेल में समझा दूंगा तो देखिए इस वीडियो में आप लास्ट तक देखना है क्योंकि ये वीडियो सब कुछ बता देते हैं पर ये ऐसे आप सभी को ये ऐसे कोई नहीं बताएगा तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं तो नहीं कर दिया तो मुझे कोई हरकत नहीं तो आप सभी को मैं आप सभी को सब कुछ इस वीडियो में सिखा दूंगा तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चलेगा कुछ नहीं आप आपका मन है आप आप कुछ भी कर सकते हैं सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं तो लाइक भी मत दीजिए पर आप सभी को ये गाइडलाइन समझना बहुत ज़रूरी है तो ये गाइडलाइंस है तो मैं आप सभी को ये सब कुछ पढ़कर कर दिखाऊंगा आप फिर से एक बार दिख चुके हैं देखिए अब हम शुरू करते हैं देखिए मैं आप सभी को सब कुछ डिटेल में समझा दूंगा आपको YouTube से नेम फैम सब कुछ मिलेगा लेकिन आप सभी को एक गाइडलाइन का एक रूल है तो उसका गाइडलाइन के आगे को, कोई भी नहीं क्यों आपके आप मेरे नहीं सुनोगे YouTube की तो सुनना ही पड़ेगा आप सभी को YouTube की सुनोगे तो तभी आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ मिलेगी तो देखिए चैनल आपके जीरो सब्सक्राइबर्स है तो आपके दस व्यूज तो व्यूज आते ही होंगे ना तो आपके जीरो सब्सक्राइबर्स है और दस बीस व्यूज बहुत ज़्यादा होते तो ये दस बीस व्यूज के ऊपर से आप सभी को उसमें से जाकर आप सभी को बहुत ऊपर तक जाना है तो देखिए तो कैसे जाना है हमें जब आपके पास जीरो सब्सक्राइबर्स होता है तब तो आप कितना भी बढ़िया वीडियो डालो आपके व्यूज आने आने नहीं वाले क्योंकि आपका जीरो फॉलोअर्स होता है और कोई भी आपको सब्सक्राइब नहीं करता और आपके व्यूज दस बीस आते हैं तो उसमें से आप ही अपनी वीडियो बार बार देख सकते हो देखते हो और उससे आपके व्यूज नहीं आते तो इससे बहुत कठिन परीक्षा में आप सभी को उतरना पड़ता है पर आप सभी को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आपका भाई बेटा है इधर तो इस उसको सब कुछ पता चल सकता है क्योंकि आप सभी को इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है मैं उस पर आपको वीडियो डाल दूँगा तो आप हम आगे बढ़ते हैं लेकिन आपके चैनल पर हजार सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तब आपकी वीडियो पर व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं आपके हज़ार व्यूज आने के बाद आपकी वीडियो पर व्यूज़ आने स्टार्ट हो जाते हैं सौ दो ऐसे व्यूज़ आने स्टार्ट हो जाते हैं उसमें से आप सबको सबसे पहले वन हजार वॉच टाइम और चार हजार घंटे का वॉच टाइम और एक हजार सब्सक्राइबर्स आप सबको पूरा करना पड़ता है वो पूरा करने के लिए आप सभी को एक अलख में वो सब कुछ समझना पड़ेगा तो देखिए स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपका वीडियो प्रोमोट करना स्टार्ट कर देता है आपके जब हजार सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं और वॉच टाइम नहीं होता हज़ार सब्सक्राइब सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं तब आप सबका YouTube चैनल प्रमोट में जा, जाता है आपके वीडियो पर वास्ट टाइम पूरे चैनल पर ऐड आना शुरू हो जाता है तो ऐड आने आने के लिए आपका चैनल प्रमोट में जाना जाना पड़ता है तो उसके लिए आप सभी को सबसे पहले अपने चैनल का ग्रोथ और व्यूज पर डिपेंड रहना पड़ेगा तो देखिए आगे क्या प्रोसेस क्या बताइए लेकिन हजार सब्सक्राइबर करे कैसे लेकिन हज़ार सब्सक्राइबर कैसे करे ये तो बहुत बड़ा सवाल है तो ये सवाल का आगे जवाब दे दिया है हमने YouTube गाइडलाइंस ने तो देखिए तो हमारे पास एक ही एक ही चारा रहता है कि आपने वीडियो किसी और तक शेयर करें तो आपको अपना वीडियो शेयर नहीं करना ये बहुत बड़ी कठिनाई कर रही हो तो आपको करना है तो कर सकते हो लेकिन आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी आपको वर्ष टाइम तो हो जाएगा लेकिन आपके फॉलोअर्स आपकी वीडियो नहीं देख सकते क्योंकि उन उनके फोन से आप उनकी वीडियो देख रहे हो अपनी वीडियो देख रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता तो देखिए आगे का प्रोसेस क्या बताए आप WhatsApp Instagram Facebook पर शेयर करते होंगे आपके दिमाग में आ, आ जाता है तब आपको पता चलता है कि आपके व्यूज नहीं आने वाले क्योंकि तो हमारा चैनल नया है तो चैनल और हमारे सब्सक्राइबर्स भी कम होते हैं तो उससे हमारे व्यू सब्सक्राइबर्स और हमारे ऑडियंस आपकी वीडियो नहीं देख पाते तो आगे क्या कहना आप मेरे शॉर्ट वीडियो देख लें आप सभी को ए, इतना सब कुछ बता दिया है तो आप एक बार मेरी प्रोफाइल ज़रूर देखिए तो मेरी प्रोफाइल देखने के बाद आप सबको पता चल जाएगा तो आप सभी के पास एक ही चारा है आपके YouTube ने आपको ही प्रमोट करने के लिए आपको सहूलत दी दी है तो YouTube प्रोमोट कैसे करता है देखिए तो आपके पास आप अपना शॉर्ट्स का फीचर दिया है तो उस शॉर्ट वीडियो में आप अपना वीडियो बनाकर पोस्ट कर सकते हो आपको क्या करना है शॉर्ट वीडियो बनाना है और सबसे पहले आप सबको व्यूज बीस तीस आ जाएगा आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हो आप सब कुछ पता चल जाएगा तो आगे खबर है। शॉर्ट का, का फीचर आए आपके चैनल ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि आपके शॉर्ट वीडियो देखते हैं उसके नीचे शॉर्ट एक का आपके पास बहुत अच्छा चारा है आप शॉर्ट ही वीडियो बनाएगी क्योंकि आप शॉर्ट वीडियो बनाने के बाद आपको आपके शॉर्ट वीडियो में नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आ जाता है उस पर लोग जाकर आपका वीडियो आपके वीडियो के नीचे सब्सक्राइब कर देते हैं और उनको आपकी वीडियो बहुत अच्छे पसंद आ जाती है तो आपको सबसे पहले आपने शॉर्ट वीडियो को बहुत अच्छे और कंटेंट बहुत अच्छा रखना रह है कंटेंट नहीं रखोगे तो आपका वीडियो आगे तक नहीं जाएगा आगे तक जाने के लिए आपके सब सब लिए अच्छा चारा है आप शॉर्ट वीडियो बनाएं और शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए आपको एक कंटेंट रखना है और मैंने एक कंटेंट रखते है और क्यूब का और इंस्टाग्राम और मैं यूट्यूब का भी आप सभी को अभी ये वीडियो चल रहा है ये यूट्यूब के लिए चल रहा है तो मैं आप सभी को आने वाले प्रोसेस में आपको शॉर्ट में भी इस वीडियो को मैं शॉर्ट वीडियो बना पोस्ट कर दूंगा तो देखिए मेरे व्यूज़ कितने आते हैं अभी मेरे एक वीडियो पर वन व्यूज़ हैं तो देखिए ये शॉर्ट बहुत प्रमोट कर रहा है और आगे का दिखते हैं अपना कॉन्टेंट वही रखो हाँ मैंने अभी तक आप सभी को क्या बताया अपना कंटेंट एक ही रखो आपको एक ही कंटेंट रखना है दस बार चेंज करोगे तो आपका ही चेंज होएगा तो चेंज नहीं करना आप सभी को सबसे पहले आप सभी को शॉर्ट वीडियो बना देने है आप बहुत एक दिन में आप दो पोस्ट कर सकते हो तीन पोस्ट कर सकते हो और चार पोस्ट कर सकते हो पाँचवा पोस्ट नहीं करना आप सभी को दिन में चार ही पोस्ट करनी है इतनी अच्छी जानकारी में ही देता हूँ देखिए ये YouTube गाइडलाइन से मैं आप सभी को सब कुछ बता दूंगा देखिए आपको दिन में चार ही पोस्ट करने चार से अंदर के भी पोस्ट कर सकते हैं लेकिन चार के ऊपर नहीं जाना चार के ऊपर जाने के बाद आप आपके वीडियो एक ना दो वीडियो रुक जाएगी एक जगह पे क्योंकि आप सभी को चार ही वीडियो पोस्ट करना है और चार में से अगला वाला पांच नहीं लेना है तो देखिए आगे क्या यूट्यूब आपकी वीडियो खुद प्रमोट करेगा तो शॉर्ट शॉर्ट आप बनाओगे और अच्छे ग्रोथ आने के बाद आपका वीडियो प्रमोट और आपका चैनल भी प्रमोट हो जाएगा तो आपको कितनी खुशी मिलेगी तो उस आपको खुशी के लिए आपको चैनल बहुत आपको फेम सब्सक्राइबर्स व्यूज सब कुछ मिलेगा पैसा भी मिलेगा तो पैसा वो बाजू में रहता है पहले आप सभी को इसको अच्छे इस गाइडलाइन को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा तो हमारा एक लास्ट का पॉइंट रह गया तो मैं आप सभी को वो पढ़ा के दिखता हूँ सी टी आर का मतलब होता है तो सी टी आर का वीडियो भी आ जाएगा बस आपको मेरे इस वीडियो के नीचे आपको एक कमेंट कर देना है और आपको सी टी आर सी टी आर का मैं एक मतलब दे, दे, दे देता हूँ आप सबको सी टी आर मतलब थम नेल डिस्क्रिप्शन टाइटल वो सब कुछ आप सबको मैं सिखा दूंगा अगली वीडियो में तो अगला मैं सिखाऊँ चांस सबसे ज्यादा होते हैं शॉर्ट वीडियो में चांस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि आपकी वीडियो कब रैंक कर जाए आप सभी को भी पता नहीं चलेगा क्योंकि आपको वीडियो बार बार देखनी नहीं है आप आप पहले टिकटॉक चलाते होंगे तो टिकटॉक चलाते चलाते आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि आपको अपनी वीडियो को बार बार नहीं देखना है बार बार देखने से आपका एल्कोरिदम हैक हो जाता है और एक जगह पर ही रहता है क्योंकि वो ऊपर जाता ही नहीं तो आगे कहे दोस्तों आपको मेरी वीडियो को अभी तक इस वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए किसी को मदद चाहिए तो शेयर कर दीजिए क्योंकि इस वीडियो में सबको सब कुछ सीखने के लिए मिल जाता है तो दोस्तों आई होप मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है तो मैं वीडियो को यहाँ पर एंड कर देता हूँ तो आई होप आप सभी को सब कुछ पता चल गया होगा तो आप को अभी भी कुछ डाउट है तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए और आपका जो भी क्वेश्चन है उसका मैं रिप्लाई जरूर दूंगा आप मेरे प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं तो मेरे शॉर्ट बु देखिए कितने वायरल पर जा चुके हैं तो मैं इस वीडियो को इधर एंड कर देता हूँ तो मैं मिलता हूं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के